यूरिया के लिए प्रदेश भर में किसान परेशान हैं। खाद के ठीक से वितरण न होने से किसानों में आक्रोश है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को जब इसका पता चला तो उन्होंने आपात बैठक बुलाकर क्लास लगाई और कहा जो भी इस मामले में गड़बड़ी कर रहा है उस पर तत्काल एफ कर गिरफ्तार करो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर एक्शन मोड में नजर आए उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जबलपुर संभाग के जिलों को आवंटित यूरिया के संबंध में आपात बैठक ली जबलपुर संभाग में यूरिया वितरण में पिछले कुछ दिनों से शिकायतें मिल रही थी इस बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त शैलेंद्र सिंह अपर मुख्य सचिव कृषि अजीत केसरी शामिल हुए तथा जबलपुर के संभाग आयुक्त सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी तथा मार्क फेड के अधिकारी वर्चुअली सम्मिलित हुए इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज ने खाद वितरण में अनियमितताओं को लेकर नाराजगी व्यक्त की और किसानों को खाद ऐसी वंचित रखने वाले दोषियों आरोप सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि दोषियों के खिलाफ तत्काल एफ दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए आईटी बैठे और एसपी बैठे तत्काल एफ करो और एफ करके पकड़ो इनको नमस्कार सर सर करेंगे ये ये नहीं चल सकता भाई किसान कैसे खाद डाइवर्ट कर दिया इन? हाँ इनका धारा कौन कौन सी लगेगी बताओ फर्टिलाईज मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर है उसका वायोलेशन होगा सर, थ्री होगा बस मैं समय जब खाद हाँ की जरूरत है किसान परेशान बैठक के दौरान जबलपुर संभाग आयुक्त ने मुख्यमंत्री को बताया की यूरिया खाद के आवंटन की जिम्मेदारी कृपकों की थी पच्चीस अगस्त को जबलपुर में छब्बीस मीट्रिक टन के रैक लगे थे कृपकों को बता दिया गया था कि किस जिले को कितना आवंटन जाना है जबलपुर आयुक्त ने संभाग के जिलेवार आवंटन की जानकारी दी कृपकों को निजी परिवहनकर्ताओं द्वारा विभिन्न जिलों में यूरिया किया पूर्ति करता है परिवहनकर्ता द्वारा 28 से 31 अगस्त के बीच परिवहन किया गया लेकिन इन्हें जो स्थान बताए गए थे उनके स्थान पर यूरिया निजी स्थानों पर सप्लाई किया गया कृपको में परिवहनकर्ताओं द्वारा निर्धारित स्थानों पर आपूर्ति कम की गई और कुछ स्थानों पर बिल्कुल नहीं करने की सूचना है इस पर मुख्यमंत्री चौहान ने दोषियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर कर उन्हें गिरफ्तार करने और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं